गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो, महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा श्री गुरुवय नमा शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से दिनांक 5 सितंबर दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल आप सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारा प्रस्तुत राशिफल नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कह लीजिए गुजारिश कह लीजिए कि एक दिल्ली चुनाव से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है कि अकील बार दिल्ली की गद्दी किसकी आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके या इसी के एक पहले के ठीक वीडियो है उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं और प्रडिक्शन देख लीजिए कि ए, सही हुआ है क्योंकि तमाम ज्योतिषी लोग भी इसमें हैं और अपनी अपनी राय वहाँ पर रखें उस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को भी आप लोग फटाफट ज़रूर लाइक करिए पंचांग आज का क्या कहता है पाँच सितम्बर का पंचांग क्या कहता है तो देखिए विक्रम संबत्त संबत दो हज़ार छिहत्तर शख्स और इस समय जो दर्शकों शुक्ल पक्ष चल रहा है भादव मास की जो है शुक्ल पक्ष है और जो तिथि रहेगी सप्तमी तिथि रहेगी रात को आठ तक की इसके उपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी सप्तमी तिथि में हमने आपको बताया था कि सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए त्याग बताया गया है शास्त्रों में इसकी मनाही है नक्षत्र जो रहेगा विशाखा इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा वैद्युति योग इसके उपरांत विश्व योग रहेगा करण जो रहेगा ये गर करण रहेगा उसके उपरांत बड़ी और अंत में बालो करण रहेगा चंद्रदेव अपनी नीचस्थ राशि वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे सूर्योदय होगा प्रातः पाँच पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर उन्नीस मिनट एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि आप लोगों को इस दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो गुरुवार का राहु काल रहेगा तो दोपहर एक बजकर अड़तीस मिनट से तीन बजकर बारह मिनट तक का रहेगा और इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों से बचना है दर्शकों शर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय रहेगा सुबह पाँच बजकर मिनट जो है से रहेगा और काल जो रहेगा आज प्रातः पाँच बजकर पैंतालीस मिनट शाम से सात बजकर इक्कीस मिनट तक की रहेगा इसमें आप, लो रहे तो रहे आप लोग इस लो शुभ कार्यों को कर सकते हैं गोधूली मुहूर्त शाम को छः बजकर छः मिनट से छः बजकर तीस मिनट तक का रहेगा विजय मुहूर्त की बात करें तो दो बजकर दस मिनट से दोपहर में दो बजकर उनसठ मिनट तक की रहेगा इतने तमाम हमने आपको शुभ योग बता दिए हैं कि इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दिशाशूल की बात करते हैं क्योंकि राशिफल की बात करें और दिशाशूल की बात ना करें तो अन्याय होगा देखिए गुरुवार दिन रहेगा तो दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल होता है कोशिश कीजिएगा कि कल जब यात्रा करिएगा तो दही का सेवन कर लीजिएगा और एक हल्दी की गाठ अपने जेब में रख लीजिएगा इसके बाद आप लोग यात्रा करिएगा दक्षिण दिशा में की ओर ना जा करके सबसे पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पग चलिए चार कदम चलिए उसके बाद दक्षिण दिशा में आप यात्राएँ करिए आपकी यात्राएँ सफल होंगे तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग अब चलते हैं राशिफल की ओर क्या कहता है आज का राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए और दर्शकों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने वार्षिक राशिफल भी सभी राशियों का लगभग डाल दिया है तो आप लोग हमारे वार्षिक राशिफल को भी जा कर के देख सकते हैं अभी से ही दो के साथ यदि आपको समय के साथ अपडेट रहना है आगे रहना है तो अभी से अपने आप को आप अपडेट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा क्या क्या उपाय हैं? सब कुछ उसको उसमें हमने बता दिया है मेष राशि आज का दिन कैसा रहेगा तो आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा आप अपने कार्य क्षेत्र में आज बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे और कुछ कई हद तक इसमें आप सफल भी रहेंगे कार्य में की गई मेहनत का फल आज आपको जरूर मिलेगा आज आप किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं आज मेत्र राशि के जातको यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो किसी नई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आज आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा सरकारी काम जो लंबे समय से अटके हुए हैं उसका आज निपटारा हो सकता है आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं दोस्तों की सलाह आज आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होगी जरूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा कि आज पीले वस्त्रों का दान दीजिएगा और चने की दाल गाय को जरूर खिलाइए शुभ आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके रहेगा रहे रहे आज का दिन तो वृषभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बड़ा फेवरेबल रहने वाला है आज आपके बच्चे आपको कोई गुड न्यूज देंगे शुभ समाचार देंगे जिससे मन बड़ा आपका जो है आनंदित होगा सेहत के मामले में आज आप खुद को पहले से स्वस्थ महसूस करते हुए नजर आएंगे आपको आज अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा सरकारी कार्य क्षेत्र में भी आज आपको विजय प्राप्त होगी आज कोई ऐसा आप रचनात्मक कार्य करेंगे जिसमें आपका नाम होगा आज आपको प्रसिद्धि मिलेगी अपने भविष्य को बेहतर आज बनाने के लिए आप नए कदम उठा सकते हैं जो आपको सफलता दिलाने वाले साबित होंगे आपके मन की जो इच्छा है जो विशेष है वो पूरी होगी आर्थिक मामलों में आज लाभ का दिन राशि के जातकों के लिए हल्दी किसी ना किसी रूप में जरूर आप लोग ग्रहण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये आपके लिए भी रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा मिथुन राशि जैमिनी क्या कहते हैं आपके सितारे तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन कल की अपेक्षा से बेहतर रहेगा अपने खर्चों पर आज आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक कि इसमें आप लोग कामयाब रहेंगे मिथुन राशि के जातक हैं और स्टूडेंट हैं तो आज आपको शिक्षकों का सपोर्ट मिल सकता है कोई एग्जाम्स होगा उसमें शिक्षकों का सपोर्ट प्राप्त होगा कोई प्रैक्टिकल होगा प्रयोगत्मक परीक्षा होगी उसमें शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा आज हर कोई आपकी बातों से प्रभावित हो सकता है जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकती है आपको मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए आज बुलाया जा सकता है आज आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके रुचि ले सकते हैं साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का आज हिस्सा भी मिथुन राशि के जातक बन सकते हैं के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल जल अर्पण करिए जल में हल्दी डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कर्क राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन तो दिन आज आपका काफी अच्छा ठीक ठाक रहेगा आज आप किसी न किसी विषय में कोई फैसला लेने में कोई डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत ज्यादा जो है असहज महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की यदि प्लानिंग आपने पहले से की है मूवी देखने के लिए टिकट बुक की है ट्रेन की टिकट बुक की है तो कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है आपसे रिश्तों में आज तनाव भरा दिन रहने वाला है ऑफिस में आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे शाम को आज आपको थकान का एहसास होगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन बृहस्पति कवच का पाठ करिए तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में खुशियाँ आएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व सिंह राशि लियो ग्रहों के राजा सिंह की राशि तो आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकता है जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे आपको किसी भी वाद विवाद से बचने की जरूरत है किसी से बातचीत करते समय आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखना चाहिए सिंह राशि के हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको आज कुछ अच्छा गेन होगा कुछ अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है मेहनत के बल पर आज आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है बच्चों की सफलता से आज आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और गर्व की अनुभूति करेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करिए और एक हल्दी की गात जेब में रख करके निकलिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा छे और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा हमारी जो अगली राशि आती है कन्या राशि आती है लेकिन दर्शकों दिल्ली आ रहे 14 और 15 सितंबर को इच्छुक दर्शक जो कोई दिल्ली से हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके हमसे आप लोग मिल सकते हैं और यदि नहीं भी आ सकते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं कन्या राशि के जात को आज आपका दिन जानदार रहेगा शानदार रहेगा परिवार से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आज आपको निभानी पड़ेगी जो कि आज आप अच्छे से संभालेंगे साथ काम करने वाले लोगों को आज आपकी मदद मिलेगी दोस्त की मदद से आज आपके काम की प्लानिंग सफल होती हुई नजर आएगी साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज्यादा फल दिलाने दिलाने वाला होगा ऑफिस में रुके हुए कार्य आज आप आसानी से निपटा सकते हैं साथ ही आज, आज आपके उच्चाधिकारियों का बॉस का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा कोशिश कीजिएगा कि एक जटा वाला नारियल लीजिएगा और शिवलिंग पर इसको अर्पित करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा लिब्रा तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जात आज आपका दिन सामान्य से ज्यादा बेहतर रहेगा पूर्व में किसी को यदि आपने धन दिया है आज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको आज किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखना चाहिए जिससे आपका काम आसानी से पूरा होगा निर्विघ्न पूरा होगा पैसों से जुड़े हुए कोई बहुत बड़े फैसले को आज आप लोग सोच समझ करके टैकल करिएगा किसी पुरानी बात को लेकर के आज तनाव की स्थिति आ सकती है और जीवनसाथी के साथ ही तनाव की स्थिति आएगी घर वालों के साथ माता पिता के साथ आज आपका संबंध बेहतर रहेगा कहीं पर बाहर आप लोग घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं आपको आज अपनी आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा लेकिन आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ बातचीत करने में अपनी वाड़ी पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कोर्ट कचहरी के मामले में आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए आ, ये आप करिए बस इतना ही करना है और पीले रंग के वस्त्र धारण करिए आपका शुभ कलर जो रहेगा पीला रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वृश्चिक राशि चंद्रमा जो कि नीचस्त रहेंगे आज के लिए आपका दिन उत्तम रहेगा आज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन रहेगा किसी जॉब से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी मन बड़ा जो है असयमित रहेगा आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल आज बिताने कहीं बाहर जा सकते हैं कोई नया लब मेट आपके जीवन में दाखिल हो सकता है जो लोग साथी के, के साथ संबंध मधुर होंगे धर्म स्थान पर सफाई करिए किसी ब्राह्मण को यज्ञो पवित्र का दान दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा आज का दिन क्या कहता है गुरुवार का दिन क्या लेकर के आया है तो साहब आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा शानदार रहेगा किसी व्यक्ति से आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आज आपके लिए कारगर साबित होगी आज यदि धनु राशि के हैं तो लव मीट के लिए आपके बढ़िया दिन रहने वाला है थोड़ी सी मेहनत से किसी बड़े धनलाभ का अवसर प्राप्त किया जा सकता है नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा कि कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग किसी ब्राह्मण के पैर छू कर आशीर्वाद लीजिए आशीर्वाद लीजिए और माता पिता गुरु के जर, जो है चरण आज, आज आप लोग जरूर स्पर्श करिए चूँकि शिक्षक दिवस भी है तो कोशिश कीजिए कि आज आप लोग अपने गुरु के पैर जरूर छूए और अपने गुरु को आज कुछ ना कुछ भेंट जरूर करिए शुभ के लिए रहेगा आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है पैसों की चिंता आपको थोड़ा परेशान करती हुई दिखाई पड़ रही ऑफिस में आपको कुछ लोगों से आज मदद मिलेगी अः आज के दिन जो छात्र रहेंगे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज आपकी जो है कुछ परेशानियों का अंत होगा वहीं कुछ परेशानियां आपके उभर करके सामने आएगी उपाय के तौर पर कोशिश कीजिए कि विष्णु सहित नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण एक्वायर्स अर्थात कुंभ राशि तो आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत करेंगे आपको आज सबका साथ मिलेगा ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे उच्चाधिकारी आज आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे सकते हैं लव मेट के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा माता पिता आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैजेट आज, आज आपको गिफ्ट स्वरूप मिल सकता है और जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपको आज किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बड़ा फेवरेबल रहने वाला है आज आप कोई नई तकनीकी सीखने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप जाइए और सुगंधित वस्तुओं का वहां पर दान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा कौन सी रहेगी तो उत्तर दिशा आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी अंतिम राशि मीन राशि लेकिन दर्शकों दिल्ली आ रहे हैं चौदह पंद्रह सितंबर को तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं फिर पुनः आप लोगों को याद दिला रहे हो प्लीज इस राशिफल को तो कम से कम आप लोग लाइक कीजिए इतनी मेहनत से राशिफल बनाते हैं तो इस पर लाइक और कमेंट करिए इसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए मीन राशि के जातकों आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं आपके काम से आज जीवन साथी बड़े प्रसन्न रहेंगे आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है सोसाइटी के के के के लोग लोग आज आज आपसे खासा जो है प्रभावित रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गुरु कवच का आप कीजिए पीपल वृक्ष पर जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवते से अर्पण शुभ शुभ कलर आपके आपके लिए रहेगा पीला अंक आपके लिए रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए पुराने भी हैं और नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और जो इलेक्शन से रिलेटेड हम प्रीक्षण डाल रहे हैं उसको जाइए और पूरा देखिए कुछ ना कुछ उसमें ज्योतिष आप लोग थोड़ा बहुत देखिए बेसिक ज्योतिष है उसमें कोई अभी जो है हम डीपली नहीं गए हैं तो ओवरऑल आप लोग भी सीख सकते हैं तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार